जय हिंद स्वागत है आपका अपने स्टडी 24 झारखंड YouTube चैनल में दोस्तों सबसे पहले आप सबों को मेरे तरफ से सहृदय धन्यवाद आभार शुक्रिया क्योंकि आप सबों के सहयोग प्यार और विश्वास से आपके स्टडी 24 झारखंड यूट्यूब चैनल का आज 100 के सब्सक्राइबर हो गया है यानी की स्टडी 24 झारखंड यूट्यूब चैनल का जो फैमिली है वह 1 लाख हो गया है और इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं आभार के पात्र हैं और इसीलिए मैं एक बार फिर से आप सबों को आभार व्यक्त करता हूँ दोस्तों इसके बाद चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रत्येक दिन के भांति आज भी आप सभी झारखंड बोर्ड के छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है और अपडेट यह है कि 9 मई 2022 को क्लास 11 के छात्रों के बोर्ड एग्जाम के मैथ के पत्र को करके करने वाले में से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है और यह अपडेट आज के दैनिक प्रभात खबर दैनिक हिंदुस्तान समाचार पत्र में भी प्रकाशित किया गया है साथ ही साथ यह अपडेट झारखंड के सबसे बड़े टीवी न्यूज चैनल न्यूज इलेवन में भी प्रकाशित हुआ हो रहा है जो हम लोग यहाँ पर स्क्रीन में देख रहे हैं और दोस्तों मैं आज इस वीडियो में इस वीडियो को भी फुल स्क्रीन में आपसे छात्रों को दिखाऊंगा साथ ही साथ हिंदुस्तान और प्रभात खबर में क्या कुछ प्रकाशित हुआ है उसे भी बताऊंगा लेकिन सबसे पहले चलिए हम लोग इस वीडियो को फुल स्क्रीन में देख लेते हैं इंटरमीडिएट के गणित विषय का पेपर लीक करने वाले को झारखंड पुलिस ने दबोच लिया है आरोपी ने यूट्यूब चैनल पर इस पेपर को डाला था जिसमे उसने ये पेपर लीक कर प्रसारित किया युवक की मंशा प्रसिद्धि और यूट्यूब के माध्यम से पैसे कमाने की थी रिपोर्ट देखिए साइबर पुलिस की गिरफ्त में आया ये नौजवान बोकारो निवासी विनय उत्पल है जिसे साइबर पुलिस की टीम ने रांची की हाथमा बस्ती से गिरफ्तार किया है विनय पर आरोप है कि उसने 9 मई 2022 को जैक इंटरनेट की गणित विषय के पेपर को अपने यूट्यूब चैनल के जरिए लीक किया था विनय के पास ऐसी पुलिस ने एक मोबाइल एक लैपटॉप और बहुत सारे प्रश्न पत्र संबंधित सामग्री भी बरामद किया है मैक्स पेपर जो है वो लीक हो गया है तो उक्त शिकायत के आधार पर तुरंत साइबर ताना ने उस कान को जो है अनुसंधान में लिया है और अनुसंधान के क्रम में आज एक व्यक्ति डी विनय उत्पल जो मूल रूप से बोकारो के रहने वाला है तो वो गिरफ्तार हो गए है और इनसे पूछताछ के क्रम में ये बात सामने आई है कि ये बहुत इंस्टाग्राम यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम इस सब में अपना चैनल चलाता है और उसमें अपना पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए इसको कहीं से पेपर मिला है तो और उस पेपर को आ, ये लीक किया था जिसमें इनका बहुत पॉपुलैरिटी हुआ है साइबर पुलिस सब उस सोर्स को ढूंढ रही है जिसने लीक प्रश्न पत्र विनय तक पहुँचाया साइबर पुलिस का मानना है की रांची में प्रश्न पत्र लीक करने वाला एक गैंग एक जमाने ऐसी सक्रिय है जिस तक पहुँचना बेहद जरूरी है तो इनका लैपटॉप मोबाइल और आ, आ, इनका जो यूट्यूब टेलीग्राम और व्हाट्सएप में जो जो फ्लैश किया गया था वो सबका सब गिरफ्तार आरोपी विनोद पल का आपराधिक इतिहास नहीं है वो एक छात्र है जो रांची के श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है उसने अपना एक यूट्यूब चैनल खोला है जिसको पॉपुलर करने के लिए और टी बढ़ाने के लिए उसने पेपर लीक का सहारा लिया आरोपी के मुताबिक इस प्रकरण में उसने 19 डॉलर भी कमाया न्यूज इलेवन भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन कृणाल के साथ शहरबाज अख्तर की रिपोर्ट तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने देखा कि झारखंड के सबसे बड़े टीवी न्यूज चैनल न्यूज इलेवन में आपके प्रश्न पत्र को लीक करके वायरल करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही साथ इस अपडेट को आज के दैनिक हिंदुस्तान और प्रभात खबर समाचार पत्र में भी प्रकाशित किया गया है जो हम लोग यहां पर स्क्रीन में देख रहे हैं जिसमें हेडलाइन दिया गया है कि गणित पेपर लीक मामले में यूट्यूबर गिरफ्तार और दूसरा हम लोग देख रहे हैं कि प्रश्न पत्र लीक करने वाला गिरफ्तार और दोस्तों इन दोनों अपडेट में भी सेम टू सेम वही चीज लिखा हुआ है जो हम लोगों ने टीवी न्यूज चैनल पर देखा इसीलिए दोनों अपडेट को मैं विस्तार से आप सभी छात्रों को नहीं बताऊंगा लेकिन आप सभी छात्रों को कैंसिल तो होने के कारण झारखंड अकेडमी को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है वहीं पर झारखंड के नब्बे छात्रों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वहीं पर आपके जो एग्जाम को कंडक्ट करवाने वाले टीचर थे तो उनको भी इसका सामना करना पड़ रहा है झारखंड को, के तो बोर्ड के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट और मेरे ओर से कुछ सजेशन था और ठीक किसी तरह से आपके लिए जो भी छोटे बड़े अपडेट होते मॉडल पेपर का सोल्यूशन होता है या फिर प्रश्नों का उत्तर होता है तो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक भेजता रहता हूं इसीलिए आप सभी छात्र इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रख लीजिए और दोस्तों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए